इसी आज पे गुजारे हैं कई रमजान मैंने तू बुलाएगा अफतारी कराएगा समोसे खिलाएगा पकौड़े खिलाएगा बिरयानी खिलाएगा जूस पिलाएगा बोतल पिलाएगा पर लगता है तू तो लारे ही लगाए तु तु